हेलो आज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आज हम आर्थ में अनकाय लोगों को टेम कर रहा हो मैंने अनकाय लोगों को पकड़ के उसको बेहोश कर दिया है अगर आप चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और प्यार से कमेंट भी जरूर करना तो मैंने अनकाय लोगों को क्योंकि इस मुझे मिला था मैंने उसको पकड़ के ना और जैसे अपने छक्कर डाल दिया उसको मैंने बेहोश भी कर दिया मैंने कीबोल्स बनाए हैं दो केबल बी है टेम करते हैं यहाँ पर दो केबल और थोड़े से नींबू भी ले चलते हैं तो थोड़ा नीचे दिल सपाई और मरेंगे बस चलो उसकी नींद डालती हाँ ग्यारह दिन चलो उसका फूट बाल भी लो थोड़ा लो चुका उसकी में डाली है पहले की रोज आओ ओ भाई फिक्सटी फाइव परसेंट हो भाई बहुत अच्छा हो गया भाई तू खाते रहो सिक्सटी परसेंट 65, 70 सेवेंटी परसेंट टेम हो चुका है सेवेंटी 80 परसेंट एटी थ्री परसेंट एटी सिक्स एटी नाइन चल वाई हंड्रेड हो जाए पट्ट से चलो फाइनली ये टेम हो चुका यार और वन लेवल का हो चुका है ये हमारा मेटल तोड़ने में बहुत काम आएगा का। जो मेरा पुराना इंकार वो भूख से मर गया है वहाँ पे। वो पर और ऊपर पहाड़ी पे ना वो है ना बहुत सारा आयरन मोको वहीं पर छोड़ के आया था बेचारा मर गया बुक की वजह से उसको हम क्या करेंगे आर उसको वहाँ पर लेके जाएंगे लेके जाकर ले वहाँ पर एक फीडिंग थ्रू बनाएंगे जहाँ से वो खा सके और काम भी कर सके तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो पैर सा कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में